नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत कर रही हूं दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें आज मैं कुछ बारिश पर आपको सुनाने वाली हूं अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्रस्तुत करती हूं बारिश पर इनमें से कुछ लाइने बुलजा जी की भी हैं आज मौसम कितना खुशगवार हो गया आज मौसम कितना खुशगवार हो गया खत्म सभी का इंतजार हो गया। खत्म सभी सभी का का इंतजार इंतजार हो हो गया, गया, बारिश की बूंदे गिरी कुछ इस तरह बारिश की बूंदे गिरी कुछ इस तरह लगता है आसमा को जमी से प्यार हो गया बारिश हर साल जून महीने में आने वाली वही बारिश वही काले बादल वही बिजली की चमक वही बादलों का गरजना और बेहिसाब बरसना सब कुछ तो वही है फिर भी हर साल इतना मजा आता है इस मौसम में आपको हमको वर्षा ऋतु बच्चे बूढ़े लड़के लड़कियां नौजवान सबको इतना लुभाता है ये मौसम कभी सोचा है बारिश क्यों होती है कैसे होती है जब हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं तो आसमान में सितारा बन जाते हैं जब वो हमें धरती पर उनके बिना अकेला देखते हैं तो बहुत रोते हैं उनके आंसुओं से छलका हुआ पानी बादलों में भर जाता है तभी तो बादल भारी हो जाते हैं हवा के झोंके से ये बादल जब धरती का चक्कर काटते हैं तो आंसुओं से भरा हुआ पानी बारिश के रूप में धरती पर बरसाते हैं कितनी हैरत की बात है जो लोग जीवन त्याग कर गए वही हमें पानी के रूप में जीवन दान देते हैं और हमें दुआ भी देते हैं बारिश के जरिए खुशियों का पैगाम भेजते हैं ये कहकर ए बारिश ऐ बारिश मेरे दोस्तों को मेरे अपनों को ये पैगाम भेजना ये बारिश मेरे दोस्तों को मेरे अपनों को मेरा ये पैगाम भेजना खुशियों का दिन और हंसी भरी उनको शाम देना जो भी पढ़े मेरे इस पैगाम को प्यार से जो भी पढ़े मेरे इस पैगाम को प्यार से उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मीठी सी मुस्कान देना बारिश की बहुत बहुत आप सबको बधाई हो